गाइस टाटा पंच ने मार्केट में कदम रखते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है जिसका कारण है इसका स्मार्ट लुक एंड खास फीचर्स सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में पूरी डिटेल तो अगर मैं कहूं टाटा कंपनी ने टाटा पंच को लॉन्च करके बाकी कार कंपनियों को मुक्का मारा है तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इस गाड़ी में वाकई वो बात है जो इसको दूसरी गाड़ियों से अलग बनाती है तो वो क्या बात है इसमें जो इसको दूसरों से अलग बनाती है तो चलते हैं थोड़ा तो फास्ट में ये साल है दो हज़ार उन्नीस चल रहा है एट्टी नाइन्थ इंटरनेशनल मोटर शो और यहां टाटा कंपनी ने एक कार बनाने के बारे में बात की है जो कि छोटी विदेशी एसयूवी कारों के आधार पर बनाई जाने वाली है तो भाइय कार के ऊपर काम शुरू हो चुका है जिससे कि दो साल पूरे हो चुके हैं और अब दिन आ गया है 23 अगस्त 2021 और कंपनी ने कार का नाम रखा है टाटा पंच जिसे कंपनी 18 अक्टूबर 2021 को मार्केट में लॉन्च करने के लिए तैयार तो है तो आप चलते हैं प्रेजेंट में भाई इक्कीस आ चुका है और कंपनी ने टाटा पंच को मार्केट में लॉन्च कर दिया है कंपनी ने इसको आठ मॉडल में बनाया है जो की सभी एक से बढ़कर एक है तो भाई अब टाटा पंच को सेफ्टी में पूरे पांच स्टार मिले हैं और चाइल्ड सेफ्टी में भी इसको चार स्टार दिए गए हैं जिसकी वजह से कार काफी स्पेशल है और दोस्तों टाटा कार मुझे का है तो इन मॉडल के रेट में कस्टमर को एक कॉम्पैक्ट एसयूवी मिल जाएगी तो अगर मैं मेरे हिसाब से बात करूँ तो मेरे लिए टाटा पंच का अकॉम्पलिश मॉडल सबसे बेस्ट है जिसमे मेरा पूरा पैसा वसूल हो जाएगा तो चलो मैं सबसे पहले इसके सभी मॉडल के बारे में बता देता हूँ इसके टोटल आठ मॉडल्स कंपनी ने बनाए हैं जिसमें सबसे लोवेस्ट मॉडल है टाटा पंच प्योर जो कि बेसिक फीचर के साथ मार्केट में मिल रही है उसके बाद दूसरे नंबर पर है टाटा पंच प्योर रिदम जो कि दूसरे नंबर का मॉडल है इसके बाद है टाटा पंच एडवेंचर फिर टाटा पंच एडवेंचर ए इसके बाद है टाटा पंच एकोम्पलिश ये मेरा फेवरेट मॉडल है इसके बाद है टाटा पंच एकोम्पलिश ए ये ऐकोम्पलिश का ऑटोमेटिक पार्ट है और इसके बाद टाटा पंच क्रिएटिव और लास्ट में टाटा पंच क्रिएटिव ए ये भी टाटा पंच क्रिएटिव का ऑटोमेटिक मॉडल है तो गाइज ये थे पूरे आठ मॉडल जो कि सी एस डी कैटेगरी में मिल रहे हैं अब मैं आपको बताता हूँ कौन सा मॉडल किस किस कैटेगरी में मिल रहा है तो भाई टाटा पंच प्योर से लेकर टाटा पंच पंचम्पलिस तक के मॉडल सभी कैटेगरी के भाइयों को मिल जाएंगे और इसके आखिरी के तीन मॉडल सिपाही भाइयों को छोड़कर बाकी दोनों कटेगरी में मिल जाएंगे लेकिन जैसे मैंने कहा है ये तीनों मॉडल्स लेने का कोई खास फायदा नहीं होने वाला है तो अब मैं टाटा पंच के बारे में और डिटेल में बताऊं तो इसमें यूज किया गया है डबल वन डबल सीसी का पेट्रोल इंजन और ये कार देती है थर्टीन पॉइंट एट्टी सिक्स के एम का माइलेज इसकी फ्यूल टैंक की थर्टी सेवन लीटर और कार की हाइट है लंबाई mm, है थ्री एट टू सेवन एम एम इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 187 mm का और व्हील बेस mm. है आपको थ्री सिक्सटी सिक्स लीटर का बूट स्पेस और 185-70 रेडियस के ट्यूबलेस टायर अब मैं बात करता हूँ टाटा पंच एक्म्पलिश मॉडल की जिसमें आपको कुछ बेहतरीन फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो इसे पैसा वसूल कार बनाते हैं तो भैया इस कार में आपको मिलता है पावर विंडो रियर क्रूज कंट्रोल स्मार्ट एक्सेस कार्ड एंट्री इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन यूएसबी चार्जर मल्टी फंक्शन टेल लाइट इंटीग्रेटेड टू डी ऑडियो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी सेवन इंच टच स्क्रीन एंड एंड्रॉइड एंड एप्पल कार प्ले इसका मिलता है इसमें सेवन इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट विद टू ट्विटर तो दोस्तों ये थे वो फीचर जो टाटा पंच एक्म्पलिस को स्पेशल बनाते हैं गाइस मैं आप प्राइस की बात नहीं करूंगा क्योंकि सी में कारों की प्राइस हर महीने बदलती रहती है जिसकी वजह से मेरे भाइयों का कंफ्यूजन हो सकता है तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्या मेरी रिसर्च आपको सही लगी या इसमें अभी भी कुछ कमी रह गई आगे मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊ इसके बारे में भी कमेंट करके जरूर बताना तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई सी यू टेक केयर बी हेल्थ एंड बी सेफ थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिसो गाइज